तो कहानी शुरू होती है 1775 से जब ब्रिटेन के रूल में अमेरिका भी आता था बात थी इंडिपेंडेंस की एक तरफ अमेरिका अकेला और दूसरी तरफ पूरी ब्रिटेन की यूनिफाइड कॉलोनीस अमेरिका के नेताओं ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी क्रूरताएं लिखी गई थी जिसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन और उनके साथियों ने ब्रिटिश आर्मी को सेवनटीन में यॉकटाउन शहर में मार गिराया जिसके कारण अमेरिका एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना पाया इस रिवोल्यूशन ने ना सिर्फ अमेरिका बट इंडिया साउथ अमेरिका और कई और ब्रिटिश कॉलोनीस को इंडिपेंडेंट होने का महत्व समझाया ये कहानी है अमेरिकन रिवोल्यूशन की